पढ़ते थे राजा बन के करते थे कितना भी तोड़ा हम टूटते थे जुड़ते थे संग सभी खुश खुशबू जब फूल किला करते चाहे